दोस्तों मैं हूं राजदेव नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजायावर और आज हम आपको बिरहोर के टांडा में स्थित उसके घर के बारे में बताएंगे वैसे तो घर इनका मिला हुआ है और ये पक्का मकान में रहते हैं अधिकतर लोग लेकिन आज भी अपने कल्चर को इन्होंने छोड़ा नहीं है कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी झोंपड़ी में रहते हैं इनकी झोपड़ी थोड़ी नायाब होती है देखिए छोटी सी झोपड़ी में आपको दिखा रहे हैं इनकी ये इनकी झोपड़ी है तो आज हम इसके झोपड़ी के अंदर में जाकर देखेंगे और इनसे बात भी करेंगे कैसे रहते हैं पूरे परिवार के साथ हमारे साथ बने रहिए देखिए आज का हमारा कहां में में बेटा हाँ, तो न मिल लो तुर झोपड़ी न मिल लो तुरा नहीं मिल लो अंदर जाके देखियो चलो चल नहीं। आँ, आँ, नहीं। ये ये ये देख भैया ये देखिए ये जो है इस तरह से बनती है इनकी झोपड़ी एक मिनट जरा इसको ऐसे ये छोटा सा जगह है तो खाना कहाँ बनाती हूँ मैं खाना बाहर में बाहर अच्छा और ये झोपड़ी अंदर से ना हाँ, और वो हाँ, वो प्रयासन के मतलब प्रयासिन जर मासिक वो ओकर वहाँ पर है वो हाँ। तो कितना दिन रहे फिर कैसे दिन? रस्म जोड़े आग जलाते आग, आग जला अंदर जाके देखियो देख देखिए भाई अंदर इसके हम आने की कोशिश करते हैं भाई ये देखिए ये है ये छोटी सी जगह है इन्होंने बोटल रखा है थोड़ा थोड़ा कुछ है इसमें ये कंबल है ये देखिए यहाँ पर कपड़े डाल रखे हैं छोटी सी जगह में कपड़े हैं यहाँ देखिए ये जो जगह आप देख रहे ये जो चीज है ये फांसा है ये फांसा है इसमें फंसाते हैं ये तीतर वगैरह तो तीतर वगैरह फंसाने की चीज़ है वो काम कमाने से छाती के कमाने से बना हुआ है और ये बहुत ही छोटा सा है इसमें परिवार रहने लायक तो जगह नहीं नजर आती तो भाई ये देखो और ऊपर से दिख लाए आपको देखिए ऐसे इस तरह से होता है ये देखिए ये बच्चा हमारे साथ में क्या नाम बेटा तुम्हारा क्या तो बातचर पे दो बेटा तो ठीक है ये देखिए बच्चे बच्चे है <laughs> <laughs> कौन जी क्या पढ़ोही पढ़ो पढ़ाई अच्छा ठीक ये पढ़ता है बच्चा बता रहा है तो देखिए भाई ये जो है ये छोटी सी जगह है बहुत ही छोटी है और ऐसे इस तरह से होता है इसमें लकड़ियाँ डाली गई होती हैं ये देखिए लकड़ियाँ ऐसे डाली हुई हैं चलते हैं भाई तो बाहर निकलते हैं निकलते समय तो थोड़ा हालत खराब हो गई मेरी तो देखिए ये जंगल के बीच में बसा हुआ है ओ, और तरह से तो मैं तो हो गा बना हुआ खाना बना हुआ है? नाम कौन सी बी माँ तो नाम मालिक के अपन नाम? नामती देवी देवी। ये कितना घर वहाँ पाई कितना कंजस्टेड है ये कैसे रहते होंगे लेकिन अपने रीति को अपने रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते ठीक भी है लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार इनको ढलना चाहिए मेरा ये मानना है अब इन पर निर्भर रहे ये क्या करते हैं सरकार को भी चाहिए अगर ऐसे लोग जो बच गए हैं और जिन्हें झोपड़ी नहीं मिल पाई या जिन्हें आवास नहीं मिल पाए उससे वो दिलाए अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें